कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक एआई आई जनरेटेड फ़ोटो वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान श्री राम इक्कीस साल की उम्र में कुछ ऐसे देखते थे कि आपको लगता है कि जिसने हमें बनाया हम उसकी तस्वीर भी